मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर कमलनाथ पर तीखा वार किया है गृह मंत्री ने कहा मैंने कमलनाथ और उनके बेटे का कसम खाने का वीडियो देखा है कमलनाथ ने प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनकर पार्टी के साथ लोकतंत्र का ही कबाड़ा कर दिया है मिश्रा ने कहा कांग्रेस की हालत ऐसी है खाता ना बही कमलनाथ कहें सही पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और अब गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को चारों तरफ से घेर रहे हैं जहाँ शिवराज दिनों कमलनाथ से सवाल कर रहे हैं वहीं नरोत्तम मिश्रा भी अपने तीखे बयानों से प्रहार कर रहे हैं अब गृह मंत्री ने कमलनाथ पर वार करते हुए कहा कि मैंने देखा है कमलनाथ का कांग्रेसी नेताओं के साथ कस्में खाने का वीडियो कमलनाथ ने ऐसी ही झूठी कस्में और झूठे वादों से सभी को ठगा है कमलनाथ ने लोकतंत्र का कबाड़ा किया है गृह मंत्री मिश्रा ने कहा कांग्रेस के लिए कमलनाथ ऐसे है जैसे खाता न बही कमलनाथ कहे सो सही पिता पुत्र का छिंदवाड़ा में कांग्रेसियों के साथ कसम खाने का वीडियो देखा पिता मुख्यमंत्री पुत्र सांसद एक उद्योगपति सेठ जी कांग्रेस के अध्यक्ष का बने लोकतंत्र का ही कबाड़ा हो गया ना संसदीय बोर्ड की अहमियत है और ना ही